ये मोहब्बत का, का तीर हम पे भी चलाया जाए इस खतरे को हमसे भी मिलवाया जाए के ये मोहब्बत का तीर हम पे भी चलाया जाए इस खतरे को हमसे भी मिलवाया जाए और सुना है बहुत नशा है इनमें तो फिर तेरी आँखों का जाम हमें भी पिलाया जाए